का है, तू ले, तू है ना uh? का. दु। oh, no. मैं oh, मैं मैं मैं रेड खून तेरे ब्लू ब्लू को पानी में डुबा चल देखते हैं कर रही आपका निकल गई ये ये क्या कुछ की में लग गई मजा आ गया मेरे से बड़ा चॉकलेट छीन रही थी ना तो आ, आ, ना, ना, ना, ना, ना। आ ले, ले ले ले बच्ची के पैर में लग गई उठ भी नहीं पाएगी अब तो मजा आ गया मेरे को तो गए ऐसे मजाक उड़ा रही अपनी बहन का कोई बोलो ना इसे मैं चॉकलेट वापस कर तू कर मैंने अयो तुम अनु का ध्यान रखना मैं अनु के लिए काढ़ा बना के लेके आती जरूर ध्यान और ऐसे ही पैर आराम से करके लेके रहो बड़ा अच्छे से मैं तेरा ध्यान मेरी बहनों। यार आयु मुझे पानी देना प्यास लग रही है लेकर आना मैं तेरी नौकरानी देती हूँ पानी आऊंगी अरे आयु मुझे बहुत बोर हो रहा है मेरे लिए कम हुआ क्या फोन लेके और जाना तू क्या मेरे को नौकर बना रही है है हर जगह मैं तेरे काम करती बहुत बुरी अनु ये लो पियो तुमको आराम हो जाएगा पीओ, पीओ। मामा आपको पता है आई मेरी बात सुनी नहीं रही कब से समझा ली की मैं पैर टूटा मदद कर लेकिन मानी नहीं रही वो मैं तेरे नौकरानी हो क्या काम कर रहा आयु ऐसे कोई अपनी बहन को बोलता है आज तुम उसकी मदद करोगी तभी तो कल तुम्हारी मदद करेगी ना मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है मैं मेरा काम खुद कर सकती हूँ आई तु मदद करना मेरी ठीक हो गया ना हाँ आपको कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ा दर्द तो हो रहा है ठीक हो जाएगा मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे वाह क्या? मैं तो ठीक हो गई सब कुछ कर सकती हूँ तोड़ के बैठ गई। अब हुआ ना आराम वेरी गुड अब दर्द नहीं होगा रुक मैं दिल्ली काटना थी जो मम्मा देती थी, थी। पीने से पूरा हो गया। है, थोड़ा कड़वा लेकिन पूरा पीना होगा ओके मैं लेके यार नौकरा मुझे पानी देना बहुत प्यास लग रही है कराना। तेरे पानी आऊंगी पूरा गुड गुड पी एक साथ में सब निकल जाना चाहिए है। कुछ है? पूरा जाना चाहिए अंदर मुँह के अंदर अब भी या ना अगर नहीं पियांग तो देखना दो बार पिलाऊंगी कुछ चाहिए तो बोलना अरे यार आयु एक देश देती हूँ डिस्ट्रेक्शन के लिए बहुत काम आता है उसे तो पता भी नहीं चलेगा पैर में दर्द दे पूरा पढ़ लेगी अच्छा भी लगेगा ठीक है अरे आयु मुझे क्या बोलती तू तो कोशिश नहीं करेगी मैं ना मुझे बोलना था मैं लेके आती रो आयु अच्छे बहुत बोल मेरे लिए से फोन क्या जाना? के तुझे मेरे को नौकर बना रही है? हर जगह मैं तेरे काम करती यार तुम हूँ बुरी है आयु तुम्हें मदद करना मेरी सॉरी सॉरी क्यों? अरे गलती सबसे होती है मैंने गलती नहीं की पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि आज हम किसी की मदद करेंगे तो शायद कल भी हमारी मदद करेगा क्योंकि हमें पता नहीं कौन कब किस समय हमारे काम आ जाए है ना? न मुझे प्लीज माफ कर दे मुझे अभी मेरा सबक मिल गया मैं वापस से गलती कभी नहीं करूँगी देखा अगर बहन भाई नहीं के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा और सबसे को, को लड़ाई करने में आप कमेंट करके बताना अगर आपका भी कुछ सिबलिंग है और है तो जरूर लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को और हाँ सभी के साथ शेयर करना दूसरे को भी तो पता चलना चाहिए हमारी मोहन क्या है और गाइस प्लीज हमारे प्लीज प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि हमारी वन मिलियन की फैमिली पहुंच जाए वैसे भी सब्सक्रिप्शन तो फ्री ही है ना <laughs> तो चलो गाइस मिलते हैं आपको एक नई तक तक लिए बाय